Y mira, chocolateamos otra cosa para. Vamos a hacer ahora. Jadi waktu itu sempat lu habis apa tadi gimana cara tadi बोर्ड नहीं बोर्ड A gente disse que tá dando barra. Ela nem hora até. Isso negai. Hã?